बड़ा कमाल का दौर आया है मेरी ज़िंदगी में लोग कोरोना से ज़्यादा मेरी बातों से डरते हैं और अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फ़ोन में नहीं जिंदगी में ब्लॉक करो।